मैं आपको एक ऐसी स्टोरी के साथ समझाना चाहता हूं ऑस्ट्रेलिया और साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका का का दुनिया का सबसे खतरनाक मैच हुआ जिसके अंदर 430, किया हेलो, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया और 438 और उस जमाने में चार सौ रन अपने आप में वनडे इंटरनेशनल में बम थे थेलिया चार सौ चौतीस बनाया सोचा हम मैच रिकी बनाया पैर पे फिर विन द मैच पहुंची साउथ अफ्रीका की टीम स्मिथ स्मिथ ने ने मारना शुरू किया। ने शुरू किया किया 90, किया किया गिब्स गिब्स ठोकना 90 175 बाउचर 46 पे खेल रहा है और क्लाइमेक्स यह नो आउट होगा और नॉन स्ट्राइक पर बाउचर फोर्टी सिक्स पर खड़ा है और स्ट्राइक लेने आए मखया जो अपनी जिंदगी में टोटल 100 गेंदे भी नहीं खेला चार पे नौ है एक रन अभी कम है टाई होने से भी अगर नतीनी बोल्ड हो गया तो मैच साउथ अफ्रीका हार गया अब नतिनी बल्लेबाजी पे है बाउचर नॉन स्ट्राइक एट एंड पर है पॉन्टिंग 165 बनाया है इस मैच में किसी कुत्ते को याद नहीं है स्मिथ 90 बनाया है किसी को नहीं पता गिब्स 175 मारा है किसी को अंदाजा ही नहीं है याद ही कुछ नहीं है पूरा का पूरा मीडिया पूरा का पूरा ग्राउंड पूरा का पूरा ड्रेसिंग रूम आके फिक्स हो गया कि नतीनी एक करता है कि नहीं पूरा का पूरे मैच का फोकस स्मिथ हट गया गिप्स से हट गया पॉइंटिंग से हट गया ऑस्ट्रेलिया 434 मार गया उससे कोई लेना देना नहीं है सारा फोकस हो गया कि नतीनी सिंगल लेके बाउचर को स्ट्राइक देगा पॉइंट 49.2 आवर क्लाइमैक्स और नितिन ने टुक किया बाउचर को स्ट्राइक मिली बाउचर ने चार मारा और साउथ अफ्रीका मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जॉन्टी रोड से पूछा गया मैन तो मैच कौन है उसने बोला नो डाउट अगर वो एक रन नहीं बनाता और वो आउट हो जाता था तो हम मैच सबकी मेहनत जीरो हो जाती। अगर वो एक रन नहीं बनाता हर आदमी का रोल है आपकी टीम में हर आदमी का रोल है आपकी टीम में, चाहे वो छोटा काम कर रहा है चाहे चाहे वो कम आई देता है चाहे बात समझ में आ रही है तो बोलो yeah!